हेलो अब्रीवान असल नमस्ते टीम तो गेटअप पता ही गया होगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है तो कमिंग सुन बैन बराती और ये ईद के दिन रिलीज होगा ये टाइम हो गया है आ चल बोल तोहर बारी हो कौवा उड़ कौवा मईनी उड़ मईनी उड़ खुदबूदी उड़ खुदबूदी उड़ और मतारी के बतार उड़ ये हमर मतारी के बतार बोल अंदर हो लई भुआ उड़र नहीं सब देखो तारा साला अपने मुंह से निकल लओ एक चोट की हो रे सब चोट कर सो साला कोट के मोड़ जाई सो बोलिए <laughs> <laughs> <laughs> <भोली> ना हम लड़की पटवली ना खेला कर रही पट तो जाये न पटाए बोलो अच्छा सी दिया तूने मेरे प्यार का प्यार ने लूट लिया घर यार का अच्छा छिला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का प्यार ने लूट लिया घर यार का अच्छा सिला दिया तूने